इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए एक दिन वो गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा अरे तुम तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढ कर उससे शादी की या नहीं मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी करी है जिसकी एक महीने की सैलरी दस लाख रुपए है क्यूँ अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की